नमस्कार दोस्तों आज हम समझेंगे कि रिट पिटीशन किन किन प्रकार के होते हैं अब रिट पिटीशन किन किन प्रकार के होते हैं उन्हें समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रिट पिटीशन होती क्या है और इस चीज को भी समझने से पहले जो इसका बेसिस है जो फाउंडेशन है इस चीज को समझने का वो ये है कि हमें क्या क्या कानूनी अधिकार मिलते हैं हमें जो कानूनी अधिकार मिलते हैं दोज राइट्स आर अंडर द सिविल लॉ द क्रिमिनल लॉ एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अब जो सिविल लॉ के जो आ, हमें अधिकार मिलते हैं दैट इज फॉर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स मान लीजिए ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें डिस्प्यूट हो गया तो दैट इज बिटवीन ए एंड बी उसकी जो रेमेडी होगी दैट विल लाइव अंडर द सिविल लॉ अब इसके अलावा दे आर रेमिडीज अवेलेबल अंडर द क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ की जो रेमेडीज होती हैं, वो इस प्रकार की होती हैं कि वो जो रॉंग्स हैं दे आर ग्रेटर देन सिविल रोंग मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ ए और बी के बीच का है अंडर द क्रिमिनल लॉ रॉन्ग जो होता है वो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हुआ सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है लाइक फॉर एग्जाम्पल मर्डर का केस अब मर्डर मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया तो दिस इज नॉट जस्ट एन ऑफेंस अगेंस्ट बी बट द सोसाइटी एज ए होल तो इसमें बी के बिहाफ पे या बी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अगर केस एफ वगैरह फाइल करते हैं तो उसके बिहाफ पे स्टेट लड़ेगी because the offence is grave, is serious enough to not constitute just a civil offence. दो individuals के बीच का offence नहीं है वो बहुत serious offence है उसके लिए state लड़ेगी अब यह हुआ civil and criminal remedies जो हमें available है under the civil and criminal law. अब जो third and most important है जो आज की discussion के लिए हमारे लिए relevant है वो है legal remedies available under the constitutional law. अब constitution जो है संविधान जो है वो हमारे भारत में जितने कानून है उसका बेसिस है उसका कोई भी कानून जो भारत में पास होता है इट कैनॉट बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वो असंविधानिक नहीं नहीं हो सकता कोई भी कानून जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है अगर वो संविधान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा उस लॉ को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा और इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान हमें यह अधिकार देता है वैसे तो ये अधिकार संविधान भी नहीं देता ये अधिकार इनको इतना इम्पोर्टेंट माना गया है कि हर इंडिविजुअल को उसके बर्थ से मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशन इसे रिकग्नाइज करता है और ये जो अधिकार हैं इनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री भाग तीन में आता है अब अगर इन राइट्स का ये जो फंडामेंटल राइट्स और इनका जो नाम है उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स मतलब ये राइट्स इतने बेसिक है इतने फंडामेंटल है कि कोई भी आपसे नहीं ले जा सकता ना कोई इंडिविजुअल ले जा सकता है ना सरकार ले जा सकती है ना स्टेट ले सकती है आपसे राइट्स ये राइट्स आपके पास बाय बर्थ होते हैं और अगर इन राइट्स का कोई वायलेशन होता है तो इन दैट केस रिट रेमेडीज कमिंग रिट रेमेडीज ना केवल फंडामेंटल राइट्स में आती है कुछ अदर राइट्स भी है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन में बट हां जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन राइट्स को देती है फंडामेंटल राइट को देती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है जिनके बिना कि आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एन एनिमल एग्जिस्टेंस अगर ये राइट स्टेट आपको मुहैया नहीं कराती या राइट आपसे छीन लिए जाते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है इट नो लॉन्गर रिमेन्स अयमन एग्जिस्टेंस इट बिकम्स अ बेर एग्जिस्टेंस एन एनिमल एग्जिस्टेंस और ये जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में दी गई हैं. और जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है अगर उनकी वायलेशन होती है तो देर कम्स इन रिट रेमेडीज आप कि अगर इन राइट्स की वायलेशन होती है तो आप डायरेक्टली आपको कोई लोअर कोर्ट में सबॉर्डिनेट कोर्ट में मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली सुपीरियर कोर्ट्स के पास जा सकते हैं जो कि जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है तो चलिए दोस्तों समझते हैं ये रिट पिटिशन क्या होती है अब दोस्तों रिट क्या होती है रिट इज रिटर्न ऑर्डर एक क्रिडन ऑर्डर एक लिखित ऑर्डर हाई कोर्ट्स का किसी भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का अब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इनको हम कहते हैं सुपीरियर कोर्ट्स, क्योंकि इनके नीचे जो कोर्ट्स आते हैं उनको हम कहते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट या जो भी सिविल जज के कोर्ट होते हैं यह सारे होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स रिट जो होती है सीधा जाती है हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में और ये जो रेड पिटिशन है किसी भी हाई कोर्ट में फाइल हो सकती है इंडिया के जितने स्टेट्स हैं स्टेट है और हाईकोर्ट में फाइल होती है कॉन्स्टिट्यूशन अब जो सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटिशन है यह सिर्फ और सिर्फ तब फाइल होगी जब आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स दो सौ छब्बीस आर्टिकल के अंडर आप कोर्ट में रेट पिटिशन फाइल कर सकते हैं अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट्स या कोई दूसरे राइट्स का वायलेशन होता है तो बेसिकली हाई कोर्ट के पास जो रेट पिटीशन का जो स्कोप है इट्स वाइडर दैन द सुप्रीम कोर्ट इसका रीजन ये है कि हाई कोर्ट जो होते हैं दे आर लोकली सिचुएटेड एक स्टेट के अंदर सिचुएटेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट इज इन देंटर हाईकोर्ट इज लोकली सिचुएटेड अब प्रिजाम्शन या जो रीजनिंग है लॉ की वो ये है कि हाईकोर्ट्स आर बेटर सुटेड कि uh, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझने में और रिलीफ मुहैया कराने में तो बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट या कोई भी दूसरी राइट एनी अदर राइट उनका अगर खंडन होता है उनका अगर वायलेशन होता है तो यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट बिकॉज जजडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट जो होती है इट एक्सटेंड्स टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट रिसेंट पास्ट में ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में डिरेक्टली रेट पिटिशन फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को कहा है कि नहीं आप हाईकोर्ट जाइए हाईकोर्ट से ये रिट को डिसाइड करवाइए अगर उसके बावजूद आपकी कोई प्रॉब्लम है या आप इफ यू आर स्टिल अग्रीव तो देन यू कम बिफोर अस इसका रीजनिंग यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अप्रिशिएट करती है या इस चीज को समझती है कि हाईकोर्ट आर इन अ बेटर पोजिशन टू अप्रीशिएट द लोकल इशूज जो लोकल प्रॉब्लम है उसके लिए हाईकोर्ट बेटर सूटेड है सुप्रीम कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सेंटर में है और हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट में सिचुएटेड है तो जो भी लोकल प्रॉब्लम्स होती है हाई आर इन अ बेटर फंडामेंटल तो राइटेशन के लिए दिस वॉज अबाउट अब रेड पिटिशन किन प्रकार के होते हैं वो हम आपको बता दें जो रेड पिटिशन हमें अवेलेबल है वो पांच प्रकार की है तो रिट ऑफ हेबियपस रेट ऑफ मैंडेमस रिट ऑफ प्रोहिबिशन रिट ऑफ सर्शोरी एंड फिफ्थ रिट ऑफ कू वॉर अब यह नाम आपको सुनने में काफी अटपटे लग रहे होंगे क्योंकि ये जो नाम है इंग्लिश या हिंदी के टर्म्स नहीं है ये लैटिन के टर्म्स है पर इनका मतलब बहुत ही सरल है बहुत ही ईजी है तो सबसे पहले आता है रेट ऑफ हेबियकॉर्पस अब habeas corpus का लिटरल मीनिंग क्या है ये एक लैटिन का वर्ड है और इसका मतलब है टू हैव द बॉडी अब किसकी बॉडी हैव करनी है इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी इंसान उसे इलीगली डिटेन किया गया है बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर उसको इलीगली डिटेन किया गया है तो कोर्ट एक रिट इश्यू करेगी उस पब्लिक बॉडी को या प्राइवेट पर्सन को कि प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ दैट पर्सन कि उस जिसको आपने इलीगली डिटेन किया है उसे हमारे सामने प्रोड्यूस करो और फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उसकी डिटेंशन जो है वो लीगल है या इलीगल है अब दोस्तों हमें संविधान राइट टू लिबर्टी ग्रांट करता है एक लिबर्टी एक ऐसा राइट right है जो कि मतलब बहुत ही बेसिक है बहुत ही फंडामेंटल है फॉर एनी वन राइट टू लिबर्टी के बिना किसी भी इंसान की एग्जिस्टेंस जो है दैट इज कंसिडर टू बी एन एनिमल एग्जिस्टेंस तो इसी वजह से जो कॉर्पस का है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेक्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड तो बेसिकली रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस तब इशू होगा जब किसी को किसी प्राइवेट पर्सन ने या किसी पब्लिक बॉडी ने इलीगली डिटेन किया है अब यह समझ लेते हैं कि रेड पिटिशन कब इशू होगा ये रेट पिटिशन कब इशू नहीं होगा और ये रेट पिटिशन फाइल करने का तरीका क्या है ये रेट पिटिशन ना केवल एक पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट इश्यू हो सकता है ये एक private individual के अगेंस्ट भी हो सकता है। और ये रेट कब इशू नहीं होगा ये रेट तब इश्यू नहीं होगा जब डिटेंशन लीगल है मान लीजिए पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है अब अरेस्ट करने के बाद सी में तमाम प्रोसीजर लेडाउन किया गया है कि अरेस्ट किन सिचुएशन में किस सिचुएशन में लीगल होगा अब पुलिस अगर अरेस्ट करने के बाद वो सारा प्रोसीजर फॉलो करती है देन दैट डिटेंशन इज लीगल अब किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया है अरेस्ट करके उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया है मजिस्ट्रेट से उसकी रिमांड मांगी है मजिस्ट्रेट ने रिमांड अलाउ कर दी है तो इन सच ए केस द डिटेंशन इज नॉट इ बट मान लीजिए पुलिस ने किसी को बस अपने किसी घर से किसी के घर से उठा करके पुलिस थाने में बिठा दिया है और उसको अरेस्ट नहीं किया पर उसे डिटेन कर लिया है और उसको जाने नहीं दे रही और ना उसका अरेस्ट मेमो बना रही है ना उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रही है इन सच ए केस दैट अरेस्ट या वो जो डिटेंशन है illegal, case, uh, हम आए दिन सुनते हैं कि कैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पुलिस इलीगली डिटेन करती है तो इन सच ए सिचुएशन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिट आप इसको समझ ही सकते हैं कि रिट हमारी कंट्री में स्पेशली कितनी इंपॉर्टेंट कितनी महत्वपूर्ण है अभी यह रेट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई फॉर्मल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं यू कैन फाइल अ फॉर्मल एप्लीकेशन जो रेट पिटिशन का फॉर्मेट होता है आप उसके तहत भी फाइल कर सकते हैं रेट बट अगर एक इनफॉर्मल एप्लीकेशन भी आती है कोर्ट के सामने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने इवन दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ रेट ऑफ हेवियस कॉर्प इन एप्रोप्रिएट केसेस सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ लेटर बट uh, उसका जो उसका जो को co कॉन्विक्ट था जेल से एक को co कॉन्विक्ट जो विक्ट था उसके लिए लिखा था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस पोस्ट कार्ड पर उस जो वो जो लेटर था लेटर पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रेड पिटीशन माना रेट ऑफ हेवियस कॉर्पस माना और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास करी ये जिस केस की मैं बात कर रहा हूं वो है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट केस है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बस एक पोस्ट कार्ड के ऊपर रिट इशू किया था एंड फाइनली दोस्तों क्या ये रिट केवल जो अग्रीव पर्सन है जो उस डिटेंशन से अग्रीव है या जो उस डिटेंशन से पीड़ित है क्या सिर्फ वो फाइल कर सकता है नहीं ये रिट जो है ये, ये रिट पिटीशन जो है ये कोई भी फाइल कर सकता है जिसको इस इलिगल डिटेंशन के बारे नॉलेज है वो भी उस पर्सन के बिहाफ पे ये रिट फाइल कर सकता है अब दूसरा दोस्तों रिट जो है वो है रिट ऑफ मैंडमस मैंडमस भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू इशू अ मैंडेट या वी कमांड जब एक सुपीरियर कोर्ट किसी भी निचली कोर्ट को या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को या किसी भी सरकारी अथॉरिटी को डायरेक्शन देती है कि आपकी लॉ के तहत कानून के तहत आपकी ये ड्यूटी है टू परफॉर्म दिस ड्यूटी पर आपने उसे परफॉर्म नहीं किया यू हैव फेल टू परफॉर्म दिस ड्यूटी एंड नाउ यू परफॉर्म दिस ड्यूटी जब सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को सरकारी अथॉरिटी को ये डायरेक्ट करती है कि आप अपनी पब्लिक अथॉरिटी को परफॉर्म करें जिसको आप नहीं कर रहे हैं ये जो कमांड होता है ये जो मैंडेट होता है ये जो डायरेक्शन होता है दिस इज कॉल्ड रिट ऑफ मैंडेमस रेट किन किन के अगेंस्ट इशू हो सकता है ये किसी भी सरकारी ऑफिशियल के अगेंस्ट हो सकता है स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है या फिर किसी भी इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट इशू हो सकता है और यह रेट तब इशू होगा जब ड्यूटी टू परफॉर्म दब्लिक फंक्शन इज ऑफ ए मैंडेटरी नेचर यह रेट किसी भी प्राइवेट इंडिविज्य अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है सेकेंडली रेट ऑफ मैंडेमस किसी भी स्टेट के गवर्नर या प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट रेट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं होता एंड थर्डली रेट ऑफ मैंडेमस किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट इश्यू नहीं होता अगर वो अपनी जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड फोर्थली रिट किसी भी ऑब्लिगेशन को कॉन्ट्रेक्चुअल करने के लिए इश्यू नहीं होगा अब दोस्तों मेहता वर्ष स्टेट ऑफ राजस्थान क्या हुआ था प्राइवेट इंडिविजुअल ने रिट पिटिशन फाइल की थी इन द हाईकोर्ट फ्रेम फॉर डायरेक्शन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट एक कमीशन गठित करे एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे जिसमें की स्टेट में जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहे हैं उसको एसेस ये कमीशन करे अब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन ये पास करी कि ये जो अथॉरिटी है जो ड्यूटी है स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है दिस इज अ दिस इज ऑफ अ डिस्क्रिशनरी नेचर ये मैंडेटरी नेचर का नहीं है स्टेट गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करके ऐसे कमीशन का गठित कर सकती है दिस इज बियड द परव्यू ऑफ द हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने इस रेट पिटिशन को इस ग्राउंड पे डिसमिस किया था कि ये जो ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की दिस इज नॉट ऑफ अ मैंडेटरी नेचर ये डिस्क्रिशनरी नेचर की रेट ऑफ मैंडक्ट जो रेट है रेट ऑफ प्रोहिबिशन अब दोस्तों जो रेट ऑफ प्रोहिबिशन है प्रोहिबिशन एक इंग्लिश वर्ड है और प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को रोकना टू फोबिट किसी को भी रोकना तो ये रेट एक सुपीरियर कोर्ट तब इशू करती है जब जो इन्फीरियर कोर्ट है जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो अपनी अथॉरिटी को या अपने पावर को एक्सीड करती है या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कमिट करती है अब ये जो रेट है रेट ऑफ प्रोहिबिशन इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट ज्यूडिशियल एंड क्वजाई जुडिशियल अथॉरिटीज ये कोई भी पब्लिक अथॉरिटी पर इशू नहीं हो सकती कहने का यह मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी जो जुडिशियल फंक्शन करती हो जहां पर एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड होता है इन दैट केस ओनली दिस रेट कैन बी इशूड रेट किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे इशू नहीं हो सकता है और ये जो रेट है किसी भी पेंडिंग केस में इशू होता है और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेट पे जो कि है रेट ऑफ सर्शररी और सर्शररी का लिटरल मीनिंग होता है टू सर्टिफाई अब रेट ऑफ सर्शररी और रेट ऑफ प्रोहिबिशन में एक सिमिलैरिटी है वो ये है किसी भी जुडिशियल या कजा जुडिशियल बॉडी से अगर कोई ऐसा फैसला पास होता है जिससे कि वो अपनी ज्यूरशन को एक्सीड करा है उन्होंने या उन्होंने किसी तरीके से इनजस्टिस कमिट किया है इन दैट केस रेट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्शररी कैन बी इश्यूड बट इसमें एक बेसिक डिफरेंस यही प्रोहिबिशन इशू प्रोहिबिशन का जो रेट है दैट इज इश्यूड इन अ पेंडिंग मैटर और सर्शररी का जो रेट है दैट इज इशूड मैटर जो हैली फिट है, कोई भी सुप्रियर कोर्ट इश्यू कर सकता है दैट इज अ रिट ऑफ कुंटो कुआ वॉरंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाई वॉट वॉरेंट या अथॉरिटी मतलब कौन सी अथॉरिटी से अब ये जो रेट होता है ये कोई भी सुपीरियर कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को इश्यू कर सकता है इस चीज की इंक्वायरी करने के लिए कि आप किस अथॉरिटी से आप कानूनी किस तरीके से अपने पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं आप कानूनी किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं अपने पोस्ट को होल्ड करना फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो पब्लिक ऑफिशियल दो पोस्ट होल्ड कर रहा है और उसके अगेंस्ट किसी ने हाईकोर्ट में रेट पिटिशन फाइल की है कि such such public, uh, तो case, may, या सुप्रीम कोर्ट मे इशू रेट ऑफ को वॉरकिंग दो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उनको पूछने के लिए इंक्वायर करने के लिए आप किस अथॉरिटी से एक नहीं दो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और ये जो रेट है ये ना केवल अग्रीव पर्सन ये कोई भी इस रेट को फाइल कर सकता है इस रेट पिटिशन को फाइल कर सकता है और द आइडिया इज कि जो पब्लिक पोस्ट्स होती है देआर ओपन टू एवरी वन और अगर कोई गलत तरीके से उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है तो ना केवल जो अग्रीव्ड है बल्कि कोई भी इस चीज के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कोर्ट इस चीज को उनसे पूछेगी जो इस जिनके अगेंस्ट ये रिट फाइल हुआ है दोस्तों खत्म करने से पहले रेट के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दें Prior to 1950, फिफ्टी ये जो रिट्स हैं दिस कूड बी इशूड ओनली बाई हाईकोर्ट ऑफ कैलका मद्रास एंड बॉम्बे इट वॉज ओनली आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी की दूसरे high Courts को भी power मिली uh, रिट्स को issue करने का Secondly, ये जो रिट petitions है या uh, power to issue रिट्स है ये English law से हमने borrow किया है England में इसे prerogative रिट्स बोलते हैं And thirdly, out of all these रिट्स इन सारे रिट्स में से mandamus का scope सबसे wide है क्योंकि हेबियस कॉर्पस प्रोहिबिशन सर्शरी और को वारंटो ये स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में ही रिट्स इशू हो सकते हैं हेबियस जब किसी को इलीगली डिटेन किया गया है को वारंटो जब किसी ने पब्लिक ऑफिस को गलत तरीके से होल्ड किया है सर्शरी एंड प्रोहिबिशन अगर मिस ऑफ लॉ है बट मैंडेमस में कोर्ट जो हैं वो कमांड कर सकती हैं किसी भी पब्लिक ऑफिसर को किसी भी सरकारी ऑफिसर को किसी भी ट्राइब्यूनल को किसी भी कोर्ट को इंफीरियर so, कोर्ट uh, को to perform their public functions which they are legally uh, duty bound to perform so out of all the writs the scope of mandamus is the widest mandamus ka scope sabse zyada wide hai and with that friends we come to the end of the discussion i hope you found this informative and helpful aur agar aapko lagta hai ki is discussion se kisi ka fayda ho sakta hai to i would request you to share this video kyunki jo is in videos ko in discussions ko uh, publish karne ka uddeshya ye, ye hai iski intention ye hai ki जो राइट्स हैं वो एक लॉ की बुक में कानून की किताब में बंद होके ना रह जाए ये राइट्स सबको मिलनी चाहिए आ, क्यों जो कानून के अधिकार हैं जो राइट्स हैं वो बस कुछ चंद लोगों को जो कि लॉ के रेमेडीज़ को अवेल करना अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनको नहीं ये जो राइट्स हैं ये हमें सब सबके लिए बराबर हैं आ, जो भी चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो चाहे वो किसी भी जात का हो किसी भी पात का हो किसी भी धर्म का हो उसकी स्किन का कलर जो भी हो ये जो संविधानिक राइट्स हैं ये हम सबको एज लॉन्ग एज वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इन सम केसेस नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं तो ये जो डिस्कशंस हैं, इनको करने का उद्देश्य यह है, है कि जैसे इंटरनेट पेनीट्रेशन से गाँव गाँव कोने कोने हर जगह ये इंटरनेट गया है तो इसका फायदा भी सबको पहुँचना चाहिए जिससे कि हम सबको अपने राइट्स के बारे अपनी ड्यूटीज़ के बारे पता हो ताकि कल की डेट में आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे कि आप अनश्योर हैं जहां आपको पता नहीं है कि आपकी राइट right है या नहीं है तो आपको उस चीज़ के बारे जानकारी हो मैंने कई जगह देखा है जहां पर कि एक किसी का राइट right है उस लीगल रेमेडी को अवेल करने का वहाँ वो सरकारी दफ्तरों में जाकर हाथ जोड़ खड़े हैं किसी तरीके से काम कराने के लिए यह नहीं होना चाहिए दोस्तों जो आपका राइट right है वो आपका राइट right है यू शुड डिमांडिट जो आपकी ड्यूटी है वो आपको भी करनी चाहिए एज अज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो इन वीडियोस का यही उद्देश्य है और इसीलिए मैं कहता हूं अगर इससे किसी को फायदा हो सकता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो और विथ दैट वी कम टू तो द एंड ऑफ दिस डिस्कशन अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स स्टे सेफ एंड गुड बाय